अरे जज्बा था कुछ करने का तो आगे आए खाली बैठ के ज्ञान नहीं दिया ये जो भक्त है ना आज हमारे पीछे इन पे कभी ध्यान नहीं दिया बजा दे